मित्रों जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर, कर, कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी इंदिरा जी चली गई गरीबी वहीं की वही रह गई मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है वो वो जो बोलते हैं वो करते है। और आज देखते-देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजा भरने का काम किया है उजाला भरने का काम किया है आज 50 करोड़ लोग चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए बुढ़ी माँ बीमार पड़ जाए बुढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर कर ले आएंगे अपना मकान गिरो कर कर ले आएंगे वो जरूरत ही नहीं है एक करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष को समाप्त करती थी मोदी जी ने आठ करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं ढाई करोड़ लोगों को ढाई ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया साठ साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और ढाई करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था अंधेरा था लाल टेंट जलानी पड़ती थी अब लाल टेंट का जमाना गया है एलईडी बल्ब का जमाना आया है ढाई करोड़ गरीबों के घर गर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है उनके जीवन को भी जगमा रहा है कई माता है बच्चियां घर शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती दस करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है उनको सम्मान दिलाने का काम किया है उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है जब भारत आजादी की पचहत्तरवीं साल गिरा मनाएगा इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा हमने ढाई करोड़ लोगों को घर देने का काम पहली ही टर्म के अंदर 14 से 19 के बीच में समाप्त कर दिया है और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया मित्रों आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जन के अंदर वो जुड़ गए कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर मैं सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है जनसंवाद में विश्वास रखती है जनसंपर्क में विश्वास रखती है अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं कैसे संपर्क हो सकता है तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं मैं जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है और यह रैली ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है यह रैली कोई राजनीतिक दल के गुनगान गाने की रैली नहीं है ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना का खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के हवन के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली